नमस्कार दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहे हैं सामने देखिए एसआर कैटल फीड प्लांट जींद रोड बरवाड़ा बरवाड़ा इस आर जिले का ये जो कस्बा है शहर है उस मेन रोड के ऊपर जींद से जो बरवाड़ा वाला मेन रोड है उस रोड के ऊपर बाई साहब का ये फीड प्लांट है यहाँ से जो है ये वीडियो ले आ रहे हैं और फीड का काम मैं कहूँगा आज की डेट में हरियाणा का पशुपालक हो या इंडिया में कहीं का भी पशुपालक हो उसको अपने पशुओं के लिए फ़ीड की ज़रूरत पड़ती है तो काफ़ी सारे जो हैं ग्राहक भी आए हुए हैं भाई साहब के पास बात करेंगे इनके फीड के बारे में सामने देखिए कुछ बैग वगैरह खोल खोल रखे हैं और फीड का जो ये कंपनी का नाम है ये एसआर कैटल फीड प्लांट है और भाई साहब से मिलवाता हूँ हाँ जी भाई नमस्कार नमस्कार सभी सब्सक्राइबर्स को आइए हम आपको दिखाते हैं हम क्या क्या हमारी चूरी में डालते हैं हम है नाम से चूरी बनाते हैं जी तो छोटे भाई पहले ये बताओ कि कितने साल हो गए आपको ये फीड का काम करते हुए ये हो गए जी आठ साल काम करते हुए हाँ हाँ। और यहाँ पे प्लांट लगाए हुए हो गए चार साल अभी चार साल हो जाएंगे सत्रह नवंबर को आठ साल ऐसी काम कर रहे हैं तो आप किस टाइप का जो है फीड तैयार करते हैं अनाज दिखाने से पहले आप ये बता दे की आप क्या जैसे की इधर रखे हैं बिनोड़े की खड़ ये की खड़े जी ये स्पेशली फीड के लिए लाते हैं ठीक है देखो ये खड़े बिल्कुल मुलायम ठीक है ठीक है अच्छी क्वालिटी की खड़ा है हाँ बिल्कुल टॉप क्वालिटी ठीक है और ये ये वाला फीड तैयार करती है रसधारा नाम से ठीक है ये मैच टाइप में है ठीक है मैच टाइप हाँ। में हाँ। ये आपका मेन ब्रांड है ये हमारा मेन ब्रांड है मेन ब्रांड रस नाम से ही है इसी के नाम से हम चूरी बेचते हैं इसी के नाम से हम खल बेचते हैं ठीक है नाम से हम बिंदोला बेचते हैं अच्छा तीन तीनों चारों प्रोडक्ट जो है रसदारा के नाम से बेचते हैं वैसे कंपनी का नाम एसआर कैटल फीड प्लांट है ठीक है ठीक है तो इसमें आप बिनोला चने की चूरी और बिनोले की खल और ये मैस तैयार करते हैं स्पेशल आपका जो मटेरियल तैयार करने का होगा वो मैस क्योंकि ये तो आप बाहर से परचेज करते हो ठीक है तो इस फील्ड में जैसे कि कोई भाई अगर फीड की बात करें तो आजकल ये भी ट्रेंड चला हुआ है जो बड़े पशुपालक है वो अपने हिसाब से भी फीड तैयार करवाते हैं कस्टमाइजेशन हम कर देंगे उनके अच्छा आप कर दोगे ठीक हाँ। है उसमें कोई समस्या नहीं आएगी इसमें कोई समस्या नहीं है वो अगर हमें बताएं कि ये चीजें हमें डलवानी है ठीक है इस रेशियो को चेंज करवाना है तो उसके लिए रेशियो भी चेंज हो जाएगा और उनके लिए हम होल रेट पे सारा सामान रखते है ठीक है सामान पशुपालक अगर कोई चना चाहे चना हमें भैंसों के लिए चाहिए ठीक है ये चना है हमारा ये चना हम भिगो के भी खा सकते हैं और पैसों को भी डाल सकते हैं ठीक है देखिए जी चने की क्वालिटी ऐसी है चाहे आप घर में खुद खाने के लिए यूज कर सकते हैं इस टाइप की चने की क्वालिटी है वही फिर मक्का आ गई वैसी ये भी मक्के के साथ है आप घर पे भी खा सकते हैं रोटियां खा, है। खा सकते हैं इसकी बिहार का मक्का ये टॉप क्वालिटी का ठीक है इधर नीचे फिर ये जो ये जो है जी बारले कहते हैं हम जिसको ठीक है ये बहुत ठंडी रहती है वैसे तो और आ, इसकी सीरत बहुत अच्छी रहती है पशुओं के लिए ठीक है ठीक है ये मेथी आगे ऊपर ये मेथी आ गई जी टॉप क्वालिटी घर में भी यूज कर सकते हैं पशु के लिए भी यूज कर सकते ठीक है फिर आगे गेहूँ आ गए गेहूँ आ गए जी ठीक है है ये चोकर ये गेहूं गेहूं का का जी छिलका जिनको ना पता हो ठीक है आप देख सकते हैं ठीक है बिल्कुल हाँ और ये सोया नहीं ये नहीं डीओसी सोयाबीन नहीं की चूरी है सोयाबीन का छिलका छिलका और चूरी ठीक है ठीक है और ये भाई ये क्या आ गया ये आ गया जी सोयाबीन डीओसी सोया डी ठीक है ठीक है प्रोटीन ज्यादा होता है ये चने चने का का छिलका छिलका आ आ गया आ गया ठीक है है इनमें सब में फाइबर्स होता है। जो इतने भी छिलके होते हैं अपने ठीक है ये या... आ गया जी सिन्धा नमक सेंधा नमक ठीक है इसको घर के लिए mm. भी ले जा सकते हैं और पशुओं के भी के लिए भी ले जा सकते हैं ठीक है और ये ये क्या आ गया ये आ गया जी मीठा सोडा ठीक है मीठा सोडा पाचन के लिए ठीक ठीक है, थीक है और ये क्या रख रखा है इधर भाई? ये आपको मैं दिखाता हूँ ये हमारा सरप्राइज ठीक है ठीक अच्छा, है, है, है।, है, है ये खुदा पहले बनाते थे आपको कैसा लगा ठीक है ठीक है मैं खुद भी खा के देख लेता हूँ बिलकुल सही बात है ये तो लगभग गुड वाला टेस्ट है तो ये भाई साहब जैसे की कई बार हम फीड बनवाते हैं सीरा डालते हैं आप उसकी जगह यूज़ करते हैं या? या? ये सीरा तो हमने कभी देखा ही नहीं है जी ठीक है छत्तीसगढ़ हाँ। तो अच्छा। विजिट करके आते हैं किसके पास अच्छा बना है ठीक है हर साल एक विजिट रहती है छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ से हमारा एक खुद आता है एक चाय के लिए गुड़ आता है ठीक है ठीक है अच्छा ये आप छत्तीसगढ़ से स्पेशल मंगवाते हैं फील्ड में डालने के लिए तो भाई साहब यही आइटम डालते हो लगभग फीड में या कोई कस्टमाइज़र्स जैसे आपने बोला कोई अपने हिसाब से डलवाना चाहे तो कुछ और भी मिल जाएगा हमारे पास स्टार्टिंग में आते थे जी बहुत सारे अपनी कस्टमाइजेशन ले लेके हमें ये डलवाना है ये डलवाना है लेकिन किसान को हम ये नहीं बोल सकते की उसको सब पता है की कि कि किस रेशियो में क्या पड़ना चाहिए उसको कोई ये बोल दे की भाई तू ये इतना सामान इतना डलवा ले ये और कर ले वो बातों में आ जाता है लेकिन साथ साथ में वो हमारे कस्टमर्स रस पे ही कन्वर्ट हो गए रस पे कन्वर्ट हो गए तो अभी आपको जरूरत तो नहीं पड़ती हाँ। लेकिन मैं एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगा हाँ। जो भाई वीडियो देखेंगे और बड़े पशुपालक हैं। वो अपने हिसाब से भी जरूर फीड हाँ। तैयार कराएंगे तो उसके लिए भी आपको मैनेज रहना पड़ेगा हाँ, उसके लिए हम तैयार हैं जी ठीक है तो छोटे तो भाई तो ये बात पूछना चाहूंगा आपने ये सारा मटेरियल दिखा दिया हाँ लोग दिखा तो मैं मेरी, मेरी खुद की वीडियो में मैंने देखा 35-35 आइटम दिखा देते हैं <laughs> और शायद फैक्ट्री में उनके पास स्टोक में होता नहीं है तो ये आप मेरे को स्टोक में भी चेक करवा दोगे स्टोक में भी दिखाएंगे ठीक है चलो फिर देखते हैं इधर है नीऊर ठीक है ठीक है ये देखिये जी इधर बाई का जो ऊपर स्टोक का सिस्टम है वो है ये शायद छिलका आ गया ये चोकर आ गया चोकर आ गया गया गेहूं का ठीक है हाँ। बाहर आपको वही मेटेरियल ठीक है, ठीक है ये जी बिल्कुल वही क्वालिटी है जी बिल्कुल सही है अच्छा ये आगे ठीक है रस धारा ठीक है ओके है हरी खल बिल्कुल और ये गेहूं गेहूं आ गया जी ठीक है फिर मेथी आगे बार ले आगे। है, जो आगे जो आगे। आ गई ठीक है ये फिर मक्की आ गई ठीक है बिल्कुल सही है और भी कुछ है इधर इसमें चने आ गए इधर बिल्कुल बिल्कुल पीछे से देखिए जो काम करने वाली टीम है बाई की वो भी पीछे पीछे चल रही है तो ये देखिए मैं इनको भी दिखा देता हूँ हाँ भाई कैसे हो राम राम ठीक है सारी कुछ पड़ता है ये या नहीं पड़ता है ठीक है ठीक है तो ये इधर फिर सोया डीओसी ये सोया डीओसी आ गई जी ठीक है बहुत बढ़िया भाई ये देखिए जी और ये आ गया, आ गया गया सोयाबीन हाँ, का हाँ छिलका चोरी कुछ भी कह सकते हैं आप ठीक है ये चने का छिलका आ गया ठीक है अपना खुदे का स्टॉक पीछे लगा हुआ है ठीक है और ग्राइंडर वगैरह नीचे? नीचे ग्राइंडर ऊपर सारा सामान रखा हुआ है ठीक तो इस है इसमें यूरिया वगैरह डाल देते हैं फीड फैक्ट्रियों वाले और बहुत सारे पशुपालक है ना फिर उससे बचने के लिए फीड से मोह छोड़ देते हैं दूर भाग जाते हैं तो ऐसा कुछ अपने पास तो नहीं होता होगा एक्जिस्टीरियो टाइप बना रखा है फीड तो बस ये जो पशु रखते हैं पशुओं का व्यापार करते हैं ना हाँ ये लोग डालते हैं क्योंकि इनको एक दिन के लिए भैंस लानी है अगले दिन बेचनी है तो उसमें वो दूध बढ़ाने की कोशिश करते हैं ठीक है कि वो लोग ज्यादा यूज करते हैं और है। फीड में केमिकल्स ज्यादा डालते हैं हम हाँ ये स्टीरियोटाइप तोड़ना चाहते हैं और टूट भी रहा है का ठीक है लोग पहले यही बोलते थे की चूरी तो भाई वही रखते है जो डेयरी वाले है ठीक फिर जो भैंसों का व्यापार करते है ठीक है और हम बिना केमिकल्स के इसमे दो ही केमिकल है एनएसएल सोडियम क्लोराइड अपना नमक हो गया सिंदा वाला वो हाँ, सिंपल नहीं सिंपल तो चार पाँच रुपए किलो मिलता है मार्केट ठीक है वो हम बीस रुपए किलो बेचते हैं ठीक है वो डालते हैं हाँ, हाँ। सोडा हो गया टाटा का डालते हैं बिल्कुल प्योर मीठा सोडा और ये सोडा, दो ही आइटम डाल ये दो केमिकल्स है बस ये पाचन के लिए ठीक है पशु जब खाए तो उसका पाचन अच्छे से हो इसीलिए डाइजेशन के लिए उसके अलावा आप कुछ भी नहीं डालते उसके अलावा कुछ नहीं डालते जो आपको अनाज बाहर दिखाए जो अंदर दिखाए वही अनाज डालते हैं ठीक है एक बात और दिमाग में रहेगी भाई साहब बात कर चलते चलते करेंगे बाहर जब मैं वो बाहर से अंदर आया तो कुछ जो है एक वॉशिंग मशीन रखी थी और वो भी रखी थी वो भी मैं दिखाऊंगा एक बार आप उस पर भी बात कर लेते हैं फिर जो का नीचे जहाँ ये फीड तैयार करते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा तो ये जो सिस्टम है ये क्यों रख रखा है ये इधर ये बताइए इसके बारे में ये सत्रह नवंबर को जी अपना स्थापना दिवस आने वाला है आपकी कंपनी इधर ही आ जाइए अंदर ये वैसे मैं दिखा देता हूँ कुछ वॉशिंग मशीन रखी है और कूलर वगैरह भी रखे हैं। ठीक है तो क्या है जी बताइए सत्रह नवंबर को सत्रह नवंबर को जी अपना स्थापना दिवस है ठीक है उसके उपलक्ष में हमने एक स्कीम निकाली है हाँ हाँ जो हमारे कस्टमर नकद में हमसे रस धारा खरीदते हैं ठीक है उनके लिए हमने एक इनाम निकाले हैं पहला इनाम है इक्कीस नगद ठीक है दूसरा ही नाम है दो वॉशिंग मशीन ठीक है फिर पांच कूलर ठीक है फिर सौ दीवार घड़ी ठीक है दस सीलिंग फैन ओरिएंट के। ठीक है वो बाहर भी रखे आपने तो ये, तो ये स... जो अपना जो जिस दिन कंपनी अपनी स्थापित हुई थी उसके उपलक्ष में दे रहे हैं किसान भाइयों को उपलक्ष में दे रहे हैं और एक कैश का कल्चर चल सके इसलिए भी ये स्कीम निकाली है ठीक है जो कैश में सामान लेता है उसी को ये मिलेगा हाँ जी ठीक जो रस की खरीद करता है नगद में ठीक है लेगा तो एक टोकन दस कट्टे लेता है तो दस टोकन उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी जीतने के लिए ठीक है ठीक है हाँ जी दोस्तों ये लो जी मेरे को तो अच्छा लगा भाइयों का व्यवहार भी और फीड भी दो बैग अपने डेरी फार्म पे ट्राई के लिए लेके जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से ट्राई आपको भी करना चाहिए और जींद रोड बरवाड़ा एसआर कैटल फीड रसदारा नाम का जो इनका प्रोडक्ट है वो आप भी ट्राई जरूर करके देखेंगे भाइयों का व्यवहार भी बढ़िया लगा बोलचाल भी अच्छा लगा और कोई भी केमिकल वगैरह जो नहीं डालते हैं इस कारण से जो है आप आइए लेके जा रहे हैं तो भाई नीचे उधर चले मैं बताना चाहूंगा बरवाला के एरिया वो एरिया है जहाँ पे काफी संख्या में पशुधन जो है पशुपालक रखते हैं और इसी पोर्शन में जो है वीडियो को हम खत्म भी करेंगे एंड भी करेंगे तो बहुत बढ़िया जो है अनाज वगैरह जितना भी भाई साहब के पास रखा है वो मेरे को काफी अच्छा लगा बहुत बढ़िया लगा तो आप एक भाई के यहाँ विजिट करें अपने हिसाब से भी फीड तैयार करवाना चाहते हैं करवाएं और ये देखिए इधर जो पोर्शन है पीछे ग्राइंडर और मिक्सर दोनों लगे हुए हैं तो खुद ही तैयार करते हैं पूरा मटेरियल तो छोटे भाई ये जो ग्राइंडर आपने लगाया है कोई इसमें भी कोई विशेषता है या नॉर्मल जो ग्राइंडर होते हैं वही है चक्की होती है जो अपने घरों में इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये अनाज को पीसता नहीं है रगड़ता नहीं है उसकी वजह से अनाज गर्म नहीं होता है ठीक है ये अनाज को काटता है इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये अनाज को काटता है उसकी वजह से अनाज गर्म नहीं होता और उसकी पौष्टिकता बनी रहती है ठीक है उस टाइप का है और ये आगे मिक्सर आ गया ठीक है ये रसदार बैग तैयार कर रखे हैं हाँ जी ये तैयार कर रखे हैं आप मटेरियल देख सकते हैं जो ऊपर देखा है ठीक है मिलेगा ठीक है ठीक है मैं दिखा देता हूँ क्योंकि मैं खुद पशुपालक हूँ और पशु रखता हूँ मोस्टली जो फीड वाली वीडियो है वो बनाने इसको अवॉइड करता हूँ क्योंकि फीड फैक्ट्रियों में बड़ा गालमेल होता है लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो अच्छा काम करते हैं और भाई साहब की फीड का भी मैंने कई जगह चर्चा सुनी है जुगलाण गांव में सुनी है और दो तीन जगह और सुनी है जींद में भी मैंने सुना रामरा गाँव में तो छोटे भाई अपनी सप्लाई इधर किस एरिए में है अपनी सप्लाई ऑल ओवर हरियाणा ही है अगर किसी को दस कट्टे चाहिए तो वो हमें संपर्क कर सकता है कि जैसे दो तीन पड़ोसी इकट्ठे हो के, बोले कि हमें दस इकट्ठे चाहिए तो हम वहाँ सप्लाई करवा सकते कोई सेल काउंटर भी रखे हैं कहीं सेल काउंटर हमारे बहुत है जो हमारे ग्राहक है उनको भी हम बोलना चाहते है की आप अगर अपने यहाँ ये फील्ड चाहते है तो आप अपने भी सेलर को रिटेलर को प्रमोट कीजिए की रस धारा चूरी ले के आए ठीक है ठीक है चलो बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई ज्यादा लंबा वीडियो खींचेंगे भी नहीं और जो भी पशुपालक भाई सारे एरिए से हैं बरवाड़ा से हैं हरियाणा से हैं या जहां कहीं से भी हैं अगर फीड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं जुगलाण के कई पशुपालकों के यहां राजस्थान तक मैं कहूंगा बाद्रा तक मैंने देखा है भाई साहब के जो है वो ये जो रस के नाम से जो ये फीड है ये जाती है तो आप संपर्क कर सकते हैं बरवाड़ा जेंद बाईपास बाईपास से नीचे उतरते ही जेंद रोड पर बरवाड़ा से जेंद रोड पर इनका ये जो है मील है और आप इनके यहाँ संपर्क करें बात करें इस फैक्ट्री में विजिट करें खुद आके अनाज चेक करें देखें तब बनवा सकते हैं वैसे भी अगर आप मंगवाना चाहते हैं फोन से तो भी मेरे हिसाब से किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है फीड जहाँ तक मेरे को लगा दिखाई दे रहा है ठीक है दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताना नमस्कार